बांके बिहारी से हमारी लड़ गई आखियाँ सखी बिहारी से हमारी लड़ गई आखियाँ सखी पाच बिहारी त्री से हमारी लड़ गई बचाई But tell I... me. खीरे बाके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ सखीरे बाके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ किया जादू न जाने क्या किया जादू ये ती रह गई न जाने क्या किया जादू ये तकती रह गई अखियाँ चमकती आय चमकती चमकती आय बड़ी सी चमकती आए बड़ी चले दे गर गई सकी तो बाहारी हमारे नड जई आछिया कर रस भरी चितबन मेरिया हो चाहूँ दे रस भरी चितबन मेरिया कौनला कैसे कहा जाऊं कहो कैसे कहाँ जाऊं ये पीछे पर गई अखिया बाहारी हमारी सखीरी बिहार के बिहारी हमारे लड़गरी अज्ञा भले तन से निक लेप्रा प्रा मगरिए छवि नन के भले तन से निकले प्राण मगर ये मगरिएवि नन के भले तन से ये दि। प्राण। मगरिए छवि नंद के अंधेरे अंधेरे मन की मंदिर में अंधेरे मन की मंदिर में से गढ़ गई अज्ञान बात बिहारी थे कमारखी बाक बिहारी थे लड़ गई बचाई लेकिन बचाई की बहूते ले गोरी लड़ गई बचा ते ले गोली, गई लड़ गई बात बिहारी खाम लड़ गई अखियाँ बाजिह र गलीट दि लर नाम हरदम का सुमर ले जिंदगी का ठिकाना नहीं है नाम हर दम हरी का सुमरले जिंदगी का ठिकाना नहीं है। सुमर ले जिंदगी का ठिकाना नहीं है नाम हरिदम हरी का सुमर ले जिंदगी का ठिकाना नहीं है स्वास अनमोल स्वास अन प्रभु ने दिया है श्वास अनमोल प्रभु ने दिया है व्यर्थ इसको गंवाना नहीं है श्वास अनमोल प्रभु ने दिया है व्यर्थ इसको गंवाना नहीं है नाम हर दमे हरी का सुमर ले जिंदगी का ठिकाना माना अरबो की दौलत कमाया महल वो को माना के अरबो कमाया कोठा वो महल तू मुठाया हेर पन्ना हीरा पन्ना सब कुछ को सजाया पन्ना सब कुछ को सजाया ये खजाना यही का यही नाम हर दमे हरी का सुमर ले जिंदगी का ठिकाना नहीं साथी गवाही नहीं है जो में जमानत न होगी झूठा साथी गवाही नहीं है झूठा साथी गवाही नहीं है मुलिम खुद अपना दोष बताता मुलजिम खुद अपना दोष बताता घूस वाला उथाना नहीं है नाम हर दमे हरी का सुमर ले जिंदगी का ठिकाना नहीं जग में आके धोखा खाया है पूजी गवा के ठाकुर जग में आके धोखा खाए हैं पूजी गवा के धोखा खाए हैं पूजी गवा के क्या कहेंगे क्या कहेंगे उस मालिक से जाके क्या कहोगे उस मालिक से जाके वहाँ चलता बहाना नहीं नाम हरदम गमह हरी का सुमर ले जिंदगी का ठिकाना नहीं है नमह हर हरी का सुमर ले जिंदगी का ठिकाना नहीं है नमहरे जिंदगी का ठिकाना नहीं है जिंदगी का ठिकाना नहीं श्वास अनमोल श्वास अनमोल प्रभु ने दिया है श्वास अनमोल प्रभु ने दिया है व्यर्थ उसको कमाना नहीं है नाम हर दम का मर ले जिंदगी का ठिकाना का ठिकाना नहीं है जिंदगी का ठिकाना नहीं है हम बिहारी अब पतराए, को हमारी बिहारी अब पतरा अब पतरा खो हमारी बिहारी अब पतरा खो हमारी अब पतरा खो हमारी बिहारी अब पतरा खो हमारी बिहारी अब पतरा खो हमारी बिहारी अब पतरा पासा फेके दुर्ोधन राजी बिहारी अब को पतरा बिहारी अब को पतरा पांडव दुआ बिहारे भवित दो बिहारी पाट पांडव